आज का मीटिंग में कमरेड प्रेसिडेंट कमरेड कुर्णम कमरेड जीएस और उपस्थित ऑल कमरेड्स और विभिन्न राज्यों में आने वाला जो प्रतिनिधि उड़ीसा हो जो वेस्ट बेंगल हो केरल हो जो हो सब साथियों मेरा लाल चलाओ साथियों अभी हमारा बहुत बड़ा दायित्व तो है हमारा पार्टी को आगे लेने के लिए अभी पार्टी कांग्रेस करने वाले तो रल कोजीगढ़ में आप देखिए वो जो नरेंद्र मोदी सरकार हो के उड़ीसा में जो 25 फाइव हो गया नवीन पटनायक हो किसके लिए वो साधारण अभी अच्छा दिन आ गया हम लोग देखने ही पड़ेगा अभी अच्छा दिन कहा से कोई तो आया से कम लोग को निर्णय करना पड़ेगा आप देखिए में में शिवराम था वेस्ट सरमिष्ठा हमारा पास नहीं है आंदोलन को उसको आंदोलन अभी जो जिंदर मूवमेंट चल रहा है अरेस्ट पुलिस और नवीन पटनायक सरकार किसी को वो अधिकार नहीं है बेटी बचाओ को सन्मान मिल रहे रहे झूठ बात बोल उनका जो सबको मालूम है है है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र सबका सबका अधिकार सब भाषा के लिए अधिकार है सबका अधिकार है वो जो चाहता है हम लोग एक भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे वो फसीवादी शक्ति हमारा बीच में फाइट फाइट करने के लिए मैं मैं अपील कर रहा रहा इसीलिए बोल जितना हमारा साथी जो जो लेवल है अब वो में हम लोग इतना फाइट किया वाले लोग घर मिला सरकार और पर देंगे? वो तो वो जो जुमला को वो इसी को हम लोग वो फाइट करने के लिए प्रयास करेंगे कर रहा हूं। वो हमारा सामने जो जो है सबको लेकर हम लोग कृषक को, और श्रमिक हो महिला को स्टूडेंट को सब लेकर एक वो फांसी मोर्चा बनाएंगे वो सब साथी को जितना हमारा साथ आएंगे अभी तक तो देखिए कितना वो सरकार की को तो महिला के लिए महिला जे महिला आपके लिए महिला पुलिस है सब है वो कुछ नहीं है इसीलिए मैं अपील करता हूँ हमारा जो पार्टी कांग्रेस को, को सफल करने के लिए सबका वो कोशिश करेंगे वो फांसीवाद मोर्चा बनेंगे वो फांसीवाद शक्ति को हराने के लिए प्रायस करेंगे इतना को वक्तव्य को लेकिन सबको लाल सलाम जिंदाबाद सिपिया में जिंदाबाद